दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेजेशन की बीच से अपनी नर्स को निकाल के लाना इसलिए करेगा कौन टाइगर शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता